your job किए है लाखों लाखों लाखो दुआएं मांगी बाड़ा है मैंने मृत सुनो चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी तुझो नजरों के सामने हो गुझको देख दिन मरना जाओ तुझको भूल जाओ कैसे माने मैं मनाओ कैसे तू तू बता उबका तो जीना वो जो मुझे दे चुके हंसे पाना चाहूं रात दिन जिसे रब मेरे करूं से तेनू दिल तेनू दिलदाबाज था क्या कीजे राशना आया रहना दूर क्या कीजे दे रहा उससे मुकम्मल कर भिया वो जो अधूरी सी बात है वो जो अधूरी से याद बाकी है तेरे इश्क में डूबा रहे दिन रात ही सदा मेरे बाप से आखे तेरे एक पल न हो रे जुदा मेरा नाम तू हाथों पे अपने लिखे बार बारहाश के खुदा जमा जला जानी मा जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना जालिमा जालिमाना तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पर ही सा के रुके मुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सासुर के रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके कोई दिल बेकाबू कर गया और इसका दिल में भर गया आँखों आँखों में वाला खो ग कर गया हो रबा मैं तो मर गया हो शुदाई मुझे कर गया कर गया होए और अबा मैं तो मर गया हो शुदाई मुझे कर गया कर गया हो रा दस दूसरा सरा बरा मतरा तेरा तेरा बिलने के बड़े छोटे मेरे मे तुगे बता दें क्यों सालमाम कहलाए तुमने बता दें क्यों सालमाम कहलाए jungle